मुझे शादी करने के लिए प्या की जरूरत नहीं मैं जानती हूं। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? वो तो तो बस एक छोटा मोटा चक्कर था। उसके कारण तुम्हें ये सगाई नहीं तो चाहिए। पिछले सालों से मैं को जानती हूं। हम तो हर दिन न जाने कितनी बातें शेयर करते हैं नहीं नहीं नहीं मैं ही थी जिसने सब कुछ खत्म करने का फैसला किया था जो मुझसे शादी कर लेवन ईयर्स एज है ट्वेंटी सेवन ईयर्स इसे क्या लगता है शादी क्या होती है शादी तो तब होनी चाहिए जब दो लोग एक दूसरे ऐसी प्यार करते हो मतलब ये हुआ कि मैं इसी वक्त शादी कर पाऊंगी मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता चाहे कोई भी हो, मुझे बस इस जगह से बचा लो। क्या हमारी होने वाली दुल्हन को पे एक मिल सकता है? क्या किस कहा तुमने? चिंता मत करो, हम दोनों की उसी दिन शादी हो गई थी जिस दिन हम पहली बार मिले थे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 अपनी दुनिया बना सकते हैं है। ये तो किसी भी तरह मान ही नहीं रहा है न हम एक दुनिया बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा करने वाली चाहिए। ज़िद्दी है ये